है ना huh? uh, yeah. nice. ना पे पे क्या लाइट कर इजी चल अरे भाई कहा आप अरे अरे ओके स्प्रे तो है स्प्रे तो है भाई तुम मानो चाहे ना मानो स्प्रे तो है कितना ही मना